तो मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति का यह गोचर कैसा रहेगा इस पर एक हम दृष्टि डालते हैं मिथुन राशि के जातकों जी हाँ खुश हो जाइए देव गुरु बृहस्पति जो है आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर करेंगे देखिये देवगुरु बृहस्पति दो हाउस के लॉर्ड हैं आपकी कुंडली में एक सप्तम स्थान है और एक दसम स्थान है दसम स्थान को कर्म का स्थान भी कहा जाता है और जो सप्तम स्थान होता है ये आपके वैवाहिक जीवन का स्थान होता है ये आपके जीवन साथी का होता है ये आपके व्यापारिक साझेदारियों का स्थान होता है ये आपके आकर्षण का स्थान होता है तो दर्शकों यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि के जातकों के लिए पंच महापुरुषों में एक बहुत ही खूबसूरत योग बनता है हंस महापुरुष नामक योग उसका निर्माण कर रहे हैं दर्शकों सप्तम भाव में बृहस्पति का ये गोचर जो रहेगा आपके लिए कई मामलों में शुभ रहेगा जी हां शुभ रहेगा गुरु का परिवर्तन होने के कारण आपके वैवाहिक जीवन में चली आ रही पिछली सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी अगर आप विवाह के योग्य हैं, तो इस समय में आपका विवाह हो सकता है लेट लतीफी होगी आप लोग स्क्रीन पर अपने देखिए ये कुंडली बॉक्स जो बन के आया है अब देखिये देवगुरु बृहस्पति यहाँ सप्तम स्थान पर बैठ के पंचम दृष्टि एकादश स्थान को सप्तम दृष्टि लग्न को और नवम दृष्टि पराक्रम के घर को दे रहे हैं तो अत्यधिक लाभ का जो है मिलने वाला है व्यापार करने वालों के लिए इस समय बहुत कुछ अच्छा रहने वाला है तमाम नए साझेदारी बनेगी तमाम नए बिजनेस आपके शुरू होंगे और आपके फेवर में रहेंगे इस समय आपके व्यक्तित्व में भी एक अलग सा आकर्षण आएगा जिससे आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं गुरु के ग्रह आपके कुंडली के सप्तम और दसम भाव के स्वामी हैं सप्तम स्थान को विवाह का भी भाव कहा जाता है ये हमने आपको बताया है और इससे जीवन में होने वाली साझेदारियों के बारे में भी पता चलता है तो गोचरीय काल में आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा अपने जीवन साथी को खुशी देने के लिए आप कई योजनाएं बना सकते हैं कई ट्रिप बना सकते हैं बाहर जा सकते हैं और धार्मिक यात्राओं के योग भी इस दौरान है आप यदि प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो प्रेम विवाह भी आपका हो सकता है आपकी प्रेम भावनाओं को देख करके आपके जीवन साथी का मन आपके प्रति और ज़्यादा आकर्षित होगा यदि आपके जीवन साथी बेरो, अ, बेरोजगार हैं तो उनको कोई रोजगार का सृजन होता हुआ दिखाई पड़ेगा जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में मतभेद थे इस दौरान दूर होंगे गुरुग्रह के सुप्रभाव से आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा सप्तम स्थान पर बैठा जो है देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर पंचम दृष्टि देखिए एकादश स्थान को दे देख रहे हैं देखिए एकादश स्थान जो होता है ये आय का होता है ये होता है लाभ का ये होता है उपलब्धि का तो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आपको हासिल होगी दूसरा बताना चाहेंगे कि टेंथ हाउस के भी चूंकि बृहस्पति यहाँ पर लॉर्ड बनते हैं आपको तो यदि आप अभी तक बेरोजगार थे तो कोई नए रोजगार का आपको सृजन होगा बहुत ज़्यादा इंडिकेट है कि एजुकेशन फील्ड में आप जा सकते हैं कैलकुलेशन जहाँ पर होगा वहाँ जा सकते हैं कोई आप अपनी इथिक्स लिख सकते हैं डॉक्टरी डॉक्टरेट की कोई उपाधि आपको मिल सकती है पी पीएचडी वगैरह आप कर सकते हैं इसके अलावा जो भी कारोबार करेंगे उद्योग धंधे करेंगे उसमें आपको फलित होगा दर्शकों आपके घर में आपकी पुत्रवधु आ सकती है जो एकादश स्थान होता है ये पुत्रवधु का भी होता है इसके अलावा तमाम नए मित्र भी जो है आपको जो है बनेंगे हालांकि एक बात और बताना चाहेंगे यहाँ पर जो है सप्तम स्थान पे बैठे जो है देवगुरु बृहस्पति अपनी जो है सप्तम दृष्टि लग्न को देख रहे हैं तो आप फेमस होंगे कोई ऐसा काम आप करेंगे कि अचानक से फेमस हो फिर चाहे वो सोशल मीडिया के कोई कई सारे प्लेटफॉर्म हो फिर चाहे आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर फेमस हो फिर चाहे वो आपका कार्यक्षेत्र ही क्यों तो ना हो इसके अलावा दर्शकों पराक्रम के घर पे देवगुरु की नवम दृष्टि जो पढ़ रही है ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कारण इसका यह रहेगा अभी तक यदि आप लोगों से दबते आ रहे थे तो अब आप दबने वाले नहीं हैं अब आप उनका मुकाबला करेंगे और यह मुकाबला बड़ा जोरदार होगा इसके अलावा जो गुप्त शत्रु थे उनका क्षरण होता हुआ दिखाई पड़ रहा है सामाजिक जीवन में अच्छे फल प्राप्त करेंगे आप अपने बुद्धिमता से अपने जीवन में जो चली आ रही कई कठिनाइयां हैं इनका आप डटकर मुकाबला करेंगे कुल मिलाकर के देखा जाए तो हंस महापुरुष नामक ये जो योग बन रहा है आपकी कुंडली में ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा दर्शकों आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के दिखवा सकते हैं दर्शकों उपाय क्या करना है देखिए उपाय के तौर पर कोशिश ये करिएगा कि आप लोगों को पुरुष सूक्त का पाठ करना रहेगा बृहस्पतिवार के दिन प्रतिदिन केसर का तिलक मस्तक जुब्बा और नाभि पर आपको लगाना रहेगा तीसरा दर्शकों एक प्रयोग और हम आपको बता रहे हैं चने की दाल हल्दी की गाँठ ले करके पीले कपड़े में जो है पोटली बांध के किसी मंदिर में जा कर के गरीब ब्राह्मण को आपको बृहस्पतवार वाले दिन देना रहेगा गुरु के मंत्रों का जाप आपको करना रहेगा प्रतिदिन इसके अलावा किसी गुरु के सानिध्य में जाइए और यदि आपके टीचर आपको कुछ जो है मतलब सलाह देते हैं तो उनकी बातों पर आपको इम्प्लीमेंट करने के यहाँ सितारे सलाह देते हैं तो आपको इम्प्लीमेंट करना रहेगा तो ये प्रयोग आप करिए और मिथुन राशि के जातकों एडवांस में आप लोगों को देखिए बहुत बहुत बधाई कि अभी तक आप जितनी परेशानी चले आ रहे थे फाइनली अब उनसे मुक्ति का जो है समय आ गया कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक कीजिए और बगल में बने बेल आइकन को जरूर दबाइए दर्शकों को वार्षिक राशिफल भी आप लोगों का पढ़ गया है और मासिक राशिफल भी हर महीने डालते हैं तो हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए अपना प्यार ऐसे ही हमारे ऊपर जो है बरसाते रहिए दीजिए इजाज़त मिलते अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार